मैं आइए आइए आपका नाम अक्षय कुमार सर तो हिंदी में बात करना अच्छा लगेगा आपको या अंग्रेजी आ, हिंदी हिंदी ठीक है तो बताइए अपने विषय में आ, सर मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ पुरानी दिल्ली और मैंने एमटेक किया हुआ है मतलब पढ़ाई के तौर पर और वैसे मुझे फिल्म में देखना पसंद है एम टेक किया है वैसे। आपका किस साल का है आ, बीटेक दो 2012 2012 का है सर बीटेक आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया था आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गुजराती अब सॉरी मतलब सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस था मुझे बताइए कि सी प्लस प्लस और सी शार्प इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक अंतर क्या है क्यों सी प्लस प्लस से सी शार्प की तरफ याद नहीं है याद नहीं है आपका कहाँ मेजर प्रोजेक्ट किस चीज पे था आ, सर वो प्रोजेक्ट तो नहीं किया था बीटेक में प्रोजेक्ट नहीं किया आ, सर वो एक्चुअली मतलब टाइम नहीं मिला नहीं बीटेक में तो बीटेक में तो आपने प्रोजेक्ट किया होगा ना एक सौ नंबर का होगा आप सर वो मतलब याद नहीं है वो प्रोजेक्ट क्या किया था अपना प्रोजेक्ट नहीं याद है वेरी गुड आपका का रिसर्च बताइए भूगोल के भारत के भूगोल के लिए इम्पोर्टेंट आईसी कौन से सॉरी सर वो याद नहीं है एक भी जर्नल नहीं देखते रिसर्च करने के लिए sir, अभी मतलब देखा नहीं अभी नहीं देखा Uh, सबसे ज्यादा किस मूवी ने आपको प्रभावित किया है uh, ये ये एक मेरे मतलब इंटरेस्ट का सवाल है एक्चुअली वैसे देखा जाए तो काफी फिल्में है जो मुझे पसंद है मैम लेकिन नंबर वन पे बोलेंगे तो सबसे बेस्ट मुझे लगती है फेरी। अच्छा, किस कारण से उस मूवी ने आपको प्रभावित किया दो कारण बताइए एक्चुअली uh, एक तो उसमें क्या है कि 21 दिन में पैसा डबल तो वो मुझे अच्छा लगता है और दूसरा वो काफी आपको एक सा जोक अच्छा मुझे, मुझे आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकले सुने ऐसी कोई बात नहीं है एक एक दोस्त था वो हरामी मुझसे पैसे मांग रहा था उधर तो मैंने कहा कि देखिए कोरोना का टाइम है इसमें तू मुझसे क्या पैसे मांग रहा है तू मुझसे कुछ भी मांग ले में। <laughs> उसी में हंसी आई होगी आपको ठीक ठीक ठीक ठीक कैसा लगा आपको इंटरव्यू के सर आ, एवरेज रहा अब जैसे एवरेज रहा ये खुशी की बात तो है नहीं दुख की बात है लेकिन आप इस मुस्कुरा रहे हैं सॉरी सर देखो आपकी एंट्री बहुत अच्छी है आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है बहुत सुंदर आप रहे हैं समस्या नहीं है उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे जहाँ नहीं आते हैं वहां आप सॉरी बोल रहे हैं सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं लगता कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे की बोल के दिखा दूंगा सॉरी ऐसा नहीं लगे Uh, आपसे बात करके अच्छा लगता है और कुल uh, इम्प्रेशन cool अच्छा है शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका टेंटेटिव रहता है okay. आप थोड़ा सा हल्का सा कंपन दिखाई देता है और लगता है कि अभी आप सेटल नहीं हुए लेकिन जब सेटल हो जाते हैं तो चीज़ें बेहतर है आई वॉज नॉट हैप्पी विद योर हेयर स्टाइल वो वो पूरे में जा नहीं रहा है मैं कुछ सजेस्ट भी करूँ एक बार खुद सोचिएगा कि अगर हेयर कट की जरूरत है तो हेयर कट लीजिए इससे छोटा क्या करवा सोचिएगा अदरवाइज आप एकदम फॉर्मल दिखाई देते हैं लेकिन किसी वजह से आपका हेयर उसके साथ मैच नहीं कर रहा है थोड़े बड़े हो जाए तो मैं हूं जेल लगा सबसे बड़ी चिंता की बात है की अंत में मैंने आपसे पूछा जो सुना और आपने जो सुनाया है उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया एक-एक अब समझ रहे हैं कि के के इंटरव्यू बोर्ड में इन प्रयोग क्या मतलब होगा सॉरी सर, सर, एक्चुअली वो जोक तैयार नहीं करके आया था मैं इसलिए ये प्रश्न इसीलिए होता है कि अब तैयार नहीं है अगर ये भी सिलेबस में लिख के देंगे कि जोक याद करके आओ तो फिर क्या पूछने को रह जाएगा सॉरी <laughs> सर जितना मुस्कराना चाहिए वहां मुस्कुराओ जहाँ मुस्कराने की बात हो वर्णा क्या होता कि चुपता है कि चुभता है क्योंकि आपसे सीरियस सवाल पूछ रहा हैं और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देखने के हैं यहाँ पूछ रहे क्या पूछेगा बहुत देखें तेरे जैसे मैंने ये भाव आता है मन में तो वहाँ मुस्कुराहट छुपती है उससे बचिए बाकी अच्छी बात है कि आपकी एज कम है कॉन्फिडेंस आपने ज़बरदस्त है देखते स्मार्ट हुई मेरा अनुमान है कि आपकी रेंज तो है बहुत शानदार मुस्कुराओगे कम डरोगे नहीं इमेजिनेटिव किस्म के प्रश्नों पर अच्छा जवाब जरूर दोगे भाषा ठीक रखोगे तो प्रॉपर आई एस से नीचे कुछ नहीं मिलेगा थैंक यू सर थैंक यू सो मच सर सर थैंक यू